क्यों मिस्टर क्रेजी एक्स वाई जेड के ऑनर मतलब अमित भाई को और जो हमारे मिस्टर इंडियन हैकर है उनको दिल से धन्यवाद कि मैं उनकी वजह से आज यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आ पाया हूं तो उन्हीं का मतलब उन्हीं की तरह मैं भी विश्वास करता हूं यूट्यूब पे कि मैं भी उनकी तरह कामयाब हो सकता हूँ तो दोनों को अमित भाई को और दिलराज भाई को मैं दोनों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उनकी वजह से मैं मोटिवेट हो पाया हूँ तो भाई आगे का वीडियो पूरा देखना आप बिल्कुल भी स्पीक मत करना कि भाई का ब्लॉग अब लोग देख सकते हो मेरे पास और क्या कुछ है नहीं गाइज दिखाने के लिए मेरे यहाँ रहता हूँ मतलब मेरे पास में ही जंगल है तो गाइज मैं ज़्यादातर आप लोगों को जंगल के मतलब जो वीडियोज़ है वो आप लोगों को दिखाता हूँ अलग अलग तरह की जो भी मतलब पेड़ पौधे हैं जिनके मतलब जो आपकी तरफ नहीं पाए जाते जो हमारी तरफ़ पाए जाते हैं मतलब वो चीज़ें कई चीज़ें कितनी चीज़ें कई प्रकार की होती है मतलब अलग अलग जैसे बरगदूनी बबूल नेम तूत कुछ मतलब कितने सबके अलग, अलग अलग नाम है गाइस तो और सुनाओ एक बार पहले भी मैंने आया था यहाँ पे तो मेरे को मतलब डर लगने लगा था कि मतलब कोई जानवर अंदर कहाँ मिल जाए तो इसी तरह से गाइस आपके भाई को भी आप लोग क्या दिखाते रहो तो गाइज और सुनाओ घर में सब ठीक है ठीक है और नीचती है तो आप लोगों को एक मतलब तो आपके भाई का कुछ जंगल का वो दिखाऊं ना जा रहा हूँ तो आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना यदि आप लोग नहीं कर रखे हो तो जो लाल कलर का बेल आइकन है ना उसको आप लोग प्रेस जरूर कर लेना तो गाइस हम लोग आपको अब दिखाने जा रहे हैं हमारा जंगल का नजारा आप लोगों ने देखा तो यही है हमारा जंगल जो मतलब अभी तो मैं थोड़ा पास हूँ तो उसी वजह से आपको दिखा पा रहा हूँ मतलब इधर तो इतने बैड वो नहीं है पौधे नहीं है बड़े बड़े इधर तो मतलब छोटे छोटे जो आपकी तरह मैं कुछ बोलते होंगे ना इनको मतलब वो ही है जिनमें दीपावली के दिन फूल निकलते हैं तो वो दीपावली वाला भी आप लोगों को नज़ारा दिखाऊँगा मैं देखना है कि किस तरह से फूल निकलते हैं कौन सी ये वो चीज़ है आप उनका नाम भी बताऊँगा मतलब आपकी भाषा में जो क्या नाम बोलते हैं वो आप लोग कमेंट करना तो मैं ये वाला भी आप लोगों को दिखाता हूँ एक आप लोग कमेंट करके बताना कि किस चीज़ का है ये वाला क्या वाला तो बताना गाई जो आप लोग कमेंट करके ज़रूर कि ये आखिर किस चीज़ का पेड है और ये वाला पेड बताना गाई कि ये पेड है जो किस चीज़ का है ये वाला तो ये आप लोगों को दिख ही रहा होगा ये वाला ये देखो ये वाला ये वाला पेड़ तो गईज आप लोगों को कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि ये सब जो भी पेड़ पौधे हैं किस चीज़ के हैं और भी आप लोगों को मैं पूछूंगा और फिर मैं एक वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को जैसे कि आखिर ये किस चीज़ का है और आप लोगों को हर चीज़ बताऊंगा तो अभी आप लोग टाइम देख सकते हो टाइम क्या हो रहा है मैं टाइम बता दूँ छः हो रही है तो गई आप अप लोग अपने भाई को इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें और जो लाल कलर का बेल आइकन दिख रहा है ना उसको जरूर प्रेस कर ले ताकि मेरे कोई भी वीडियो आए तो आप तक सबसे पहले पहुँचेगी वो गाई इतना प्यार आपके भाई के लिए हो सके तो आने वाले में मतलब जो आने वाला दिन है उनमें मतलब हम लोग भी है ना जैसे और तरह हमारा भी नाम चलेगा मतलब मैं भी यही चाहता हूँ कि अपना एक बार जो चैनल है ना ग्रो करने लग जाए तो गाई आपके भाई के लिए इतनी महत्व जल्दी गाइस चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर लो ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप तक सबसे पहले पहुँच सकेगा तो आएगा वो टाइम भी तब मैं मतलब आपको अच्छी अच्छी जगह घुमाऊँगा अच्छी अच्छी जगह की वीडियो घुमाऊँगा जिससे कि आप लोगों को पता होगा जो आमेर है जहाँ मतलब है, जो सृष्टि है ब्रह्मांड उसको ब्रह्मांड नहीं? नहीं जो अपनी पृथ्वी है उसका सबसे घातक हथियार है ना जो उसको क्या बोलते हैं तोप जो राजा महाराजा रखा करते थे वो वाली टोप है जिसको मतलब टेस्टिंग एक ही बार किया गया है मतलब कितने बरस हो गए एक ही बार उसको चेक किया गया है और काफ़ी बड़ी है मतलब मैं तो उसको नौड़ता नहीं मतलब हाथ ही नहीं लग पाता इतना बड़ा तो उसका एक टायर लगा ही तो उसको मतलब वहाँ पे हमारे अमित भाई भी आए थे जो करे एक्स वाई जेड उनका चैनल वो भी आए थे और मतलब शायद मिस्ट इंडियन एक्कर भी आए थे तो भाई दलराज भाई का और उनका तो मैं आभारी हूँ उन्हीं को देख के मैं मोटिवेट हुआ हूँ उन्हीं की वजह से मेरे अंदर भी एक जोश आया जैसे कि उनकी टाइटियन नियम आर्मी है तो भाई मैं भी एक उसी तरह एक बनाना चाहता हूँ मतलब कि अपना भी नाम चले और मतलब सबसे पहले तो मैं उनको जो मतलब जिनकी वजह से मैं मोटिवेट हुआ हूँ उन लोगों को मैं धन्यवाद बोलता हूँ मिस्टर इंडियन हैकर मतलब दिलराज भाई को धन्यवाद और जो अपने हैं करे एक्स वाई जेड अमित भाई तो उनको भी मेरी तरफ से दिल से तहे दिल से धन्यवाद तो गाइज आप लोगों के लिए इतना ही हो सके तो आपके भाई को जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए थैंक्स फॉर वीडियो देखने के लिए तो गाइज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना मतलब मैंने तीन बार बोल दिया शायद सॉरी ऑल ऑफ लवस्क